दोस्तों क्या आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं बहुत ही जल्द बेशुमार पैसा क्या आप एक अमीर बनना चाहते हैं अगर हाँ तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है और अपने साथ साथ कि दो लोगों को और ज्वाइन कराना है इसके बाद आप देखते ही देखते इतना पैसा कमा लोगे कि आप आराम से एक लग्जरी लाइफ जी सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हो और फ्रिक्वेंटली फ़ॉरन ट्रिप्स भी कर सकते हो और अगर दोस्तों आपको ये सभी बातें सुनी सुनी लग रही है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको किसी ने कभी ना कभी एमएलएम के अंदर ट्रिप करने की कोशिश जरूर की है और अगर आपको की है और उसके बाद भी आप ट्रिक नहीं हुए तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा खुशकस्मत हो क्योंकि आपने ये सब करके अपना टाइम पैसा एनर्जी के साथ साथ अपने सोशल रिलेशनशिप्स को भी बचा लिया है खैर ये सब बातें तो आपको सभी ने बताई होगी कि एमएलएम स्कैम होता है आपको ये ज्वाइन नहीं करना चाहिए लेकिन हम इस वीडियो में ये बात नहीं करेंगे हम जानने वाले हैं एमएलएम की हिस्ट्री के बारे में और जानने वाले हैं क्या ये सभी चीज़ें शुरू से ही एक स्कैम थी या कुछ ऐसा हुआ है इस चीज़ के साथ में कि ये अब एक स्कैम बन चुकी है तो चलिए शुरू करते हैं हम एम की हिस्ट्री के साथ उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिजनेस करने को स्टार्ट किया तो 25 लाख में से पच्चीस हजार भी मुझे इस कंपनी ने नहीं दी है वहाँ पे मैं बताया गया एक पैकेज के बारे में जिसकी कॉस्ट थी सोलह हजार आठ सौ इक्कीस उस पैकेज में क्या था कंप्यूटर कोर्स तो है मेरे दोस्त थे वो धीरे धीरे धीरे धीरे दूर जाने लगे अब... तीन चार लाख के अमाउंट के लिए बच्चे आप जान दे रहे हो तो... तो दोस्तों साल है उन्नीस चाइना का एक व्यक्ति अमेरिका में जाकर शिफ्ट होता है वहां जाकर अपनी एक कंपनी खोलता है जिसका नाम वो रखता है कैलिफोर्निया विटामिन ये कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ दवाइयां और मल्टी बनाती थी और दोस्तों इस कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि लोग जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे तो वो उसको आगे रेफर भी किया करते थे और इस बात को कंपनी समझ जाती है तो कंपनी सोचते है क्यों हमको अब अपने ज़्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को बनाने में खर्चा करना क्यों ना हम अपने कस्टमर्स को ही अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाए और ऐसे कंपनी एम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर कंपनी अपने कस्टमर्स को 2% की कमीशन देने लगती है अगर वो किसी व्यक्ति को रेफर करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट्स को खरीद भी लेता है तो इस वजह से कैलिफोर्निया विटामिन की काफी ज्यादा पब्लिसिटी होती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की वजह से काफी ज्यादा कंपनी बढ़ जाती है और लगभग पांच साल बाद नाइनटीन के अंदर कैलिफोर्निया विटामिन का नाम चेंज हो जाता है न्यूट्री में और अब न्यूट्रल लाइट दोबारा से अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसमें उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर अपने कस्टमर्स को जो है प्रोडक्ट बेचना होता है उसके अंदर शिफ्ट होने लगते हैं कंपनी अब एमएलएम को छोड़ती जा रही थी तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंपनी को छोड़ते हैं जो कि एज अ कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर उस कंपनी के साथ में जुड़े थे ऐसे में दो लोग जिसमें से पहले थे जे एंडल और दूसरे थे रिचर्ड डेवोस ये लोग भी इस कंपनी को छोड़ते हैं और एक दूसरी एमएलएम कंपनी की शुरुआत करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं एमवे। एमवे ही वो कंपनी है जिसने एमएलएम को बहुत ही ज़्यादा फेमस किया है काफ़ी सारे देशों के अंदर अब एमवे दोबारा से एमएलएम के मॉडल पर काम करती है और एमएलएम के मॉडल पर काम करके काफ़ी तगड़ी ग्रोथ कंपनी करती भी है और कुछ टाइम बाद एमवे ही खरीद लेती है न्यूट्राइट को और ये सारी चीजें आपने किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में तो सुनी ही होगी वहाँ पर हमको बताया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को खरीद सकती है लेकिन सच्चाई ये नहीं है क्योंकि उस टाइम तक एम दोस्तों सिर्फ अपने प्रोडक्ट को सेल करने की एक मार्केटिंग टेक्निक थी जो कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए कंपनीज किया करती थी और उस टाइम तक लोग ऐसी किसी भी रेट रेस के अंदर नहीं थी कि उनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है सिर्फ उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास लेकर आना था और मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों में कुछ भी मुझे गलत नहीं लगता क्योंकि अगर कंपनी इस तरीके से अपनी मार्केटिंग कर रही है और इससे वो कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है मगर मगर ये तो वो सिर्फ अधूरी सच्चाई है जो कि आपके सामने रखी जाती है एम की एम में जो स्कैम है वो तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था तो दोस्तों अब जानते हैं एम की डार्क रियलिटी को जो कि बहुत पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और जिसको कि जाना जाता था पिरामिड स्कीम के नाम से तो दोस्तों ये दौर है एटीज़ का काफ़ी सारे देश अलग अलग देशों की कॉलोनीज से अपनी आज़ादी प्राप्त कर रहे हैं और इस टाइम तक ज़्यादातर देशों के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर्स की भी धजिया उड़ चुकी है तो उस टाइम पे देखने को यह मिलता था कि काफ़ी सारी चोरी चकारी के मामले काफ़ी सारे डकैती के मामले और काफ़ी सारे ठगी के मामले सामने आते थे जो कि आज कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप अपने ग्रैंड पेरेंट से भी सुन सकते कि कैसे कैसे पहले बहुत सारी हुआ हुआ करती थी, हुआ करती थी, थी, डकैतियां टाइम पे डाकू एक तरीके से राज क्या करते थे हर एक देश के ऊपर लेकिन दोस्तों हमेशा चोरी चकारी डकैती और ठगी के अंदर ठगी जो है सबसे इनोवेटिव वे है किसी से पैसा की क्योंकि चोरी चकारी या डकैती के अंदर आप किसी को फिज़िकली हार्म करके फ़िज़िकली टॉर्चर करके या फिर अपनी पावर का प्रदर्शन करके अपनी पावर को एग्जिबिट करके चोरी कर सकते हो लेकिन आपको हमेशा ठगी करने के लिए अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है और नए नए इनोवेटिव वेज़ ढूंढने पड़ते हैं ठगी करने के लिए और उस टाइम तक ठगी करने के काफ़ी सारे वेज भी बहुत ज्यादा फेमस थे जिसमें से लोटरी और चीट फंड्स जैसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और पिरामिड स्कीम भी एज अ चीट फंड ही इस्तेमाल हुई थी तो चलिए अब हम थोड़ा पिरामिड स्कीम को समझते हैं तो दोस्तों कैसा हो अगर मैं किसी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगूँ और मुझको वो पैसे देने ही ना पड़े जब उस पैसे को देने की बात आए तो मुझे सिर्फ ये बोलना है अपने दोस्त को कि तू किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढ जो कि मुझे पैसे दे और मैं उसमें से कुछ कमीशन तुझे दे दूंगा है नहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडिया क्योंकि अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितने लोगों को ढूँढ सकता है कि उसकी कमीशन इतनी बन जाए कि उसके जितने भी पैसे उसने मुझे दिए थे मैं उसे वो वापस कर दूँ मतलब एज अ कमीशन तो दोस्तों प्रामिड स्कीम भी सेम यही करती थी प्रेमिड स्कीम सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि तू मुझे दस हज़ार रुपये दे और किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढ जो कि मुझे दस हज़ार रुपये दे तो मैं तुझे उसमें से दस परसेंट कमीशन दूँगा और ऐसे तो जितने लोगों को ढूँढेगा मैं उसमें से तुझे दस कमीशन देने वाला हूँ और उसके अलावा वो भी अगर आगे किसी और को ढूंढेंगे तो मैं उसमें से भी पाँच परसेंट कमीशन तुझे दे दूँगा और सोच तू ये सब करके इतनी कमीशन खा कितना पैसा कमा सकता है और ऐसे में ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आप देखते हो सिर्फ अगर आप दो लोगों को ढूंढोगे तो आपके सामने वो व्यक्ति किसी और दो लोगों को ढूँढेगा और ये काम कुछ एम एल अलाउ करती थी 12 लेवल्स तक करने में और सोच सकते हो कि 12 लेवल तक कितने लोग जुड़ सकते हैं सिर्फ दो दो करके और ऐसे में लगता है कि आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हो लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ़ आपको ट्रिक करने का तरीक़ा है आपको लगेगा कि आप टॉप में बैठे हो आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो लेकिन लेकिन यहाँ पर सिर्फ सबसे ज्यादा पैसा वो व्यक्ति कमा रहा है जिसके पास ये सारे 10 दस हजार रुपए जमा कर रहे हैं क्योंकि उसमें से वो सिर्फ 10 परसेंट आपको दे रहा है बाकी सब तो अपने पास ही रख रहा है ना तो जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सारी चीजें लोग समझना शुरू कर देते हैं और अलग अलग देश की सरकार इन चीजों को समझ कर स्कीम पर बैन लगाना शुरू कर देती है और अब जब उन्नीस तक ज्यादातर देश पिरामिड स्कीम्स के ऊपर बैन लगा चुके हैं तो अब पिरामिड स्कीम नए नाम से हमारे सामने आती है जो की है एम एल नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑब्वियसली जिसकी इंस्परेशन न्यूट्रीलाइट जैसी कुछ कंपनीज से ली गई थी लेकिन अब न्यूट्रीलाइट की तरह इनका मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं बल्कि आपको ट्रिक करके इनके अंदर ज्वाइन कराना था और आज की ज़्यादातर कंपनीज़ वही हैं जो कि आपको सिर्फ ज्वाइन कराना चाहती है इनका कोई मकसद नहीं है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए सिर्फ आपसे एक ज्वाइनिंग फीस ली जाए जिसके बदले में ये आपको एक मेंबर बनाकर खुला छोड़ देंगे कि आप जाओ दूसरे लोगों को ट्रिक करना शुरू करो उनको ठगना शुरू करो और हमारे अंदर जॉइन कराओ उनको कुछ प्रोडक्ट्स बेचो वो प्रोडक्ट्स बेचो जिनका मकसद हमें खुद बेचना नहीं है हमको सिर्फ ये प्रोडक्ट इसलिए बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि हमको अपनी मल्टी मार्केटिंग के नाम से पिरामिड स्कीम को चलाना है क्योंकि प्राइमरी स्कीम तो यहां पर बैन हो चुकी है इसलिए हमको जानबूझकर इसको एक एमएलएम दिखाना पड़ रहा है क्योंकि वो कंपनी जानती है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट इतने भाई याद है कोई ऐसे तो उसको खरीदने नहीं वाला लेकिन अगर वो किसी को ज्वाइन करा लेते हैं तो उनको एक मोटा पैसा उससे मिल जाएगा लगभग बीस तीस रुपए एक साथ मिल जाएंगे जो की उसका ज्वाइनिंग फीस होती है कंपनी की और अगर आपके पास बीस तीस रुपए शुरुआत में देने को नहीं है तो वो आपको एक स्टार्टर पैक ऑफर करेंगे की आप ये दो रुपए का या पांच रुपए का स्टार्टर पैक कर एक बन सकते हो और लोगों को ट्रिक करना और लो, मतलब लोगों को जोड़ना शुरू कर सकते हो और यही हार्ड रियलिटी है कि यह काम आजकल ज्यादातर एमएलएम एल कंपनीज के अंदर चलता है कुछ एमएलएम एल अच्छी एमएलएम एल कंपनीज भी हैं जो कि आप जानते नहीं होंगे कि यह एमएलएम के मॉडल पर काम करती है और आप उसके प्रोडक्ट्स को तो यूज करते होंगे क्योंकि वो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही है लेकिन इन सब चीजों में यहाँ पर कंपनी का मकसद सिर्फ ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है ना कि ज्वाइन कराना इसलिए आप उस कंपनी के बारे में जानते भी नहीं हो कि वो एक एमएलएम कंपनी है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एमएलएम कंपनीज जा आ जाती है जिनके आपको प्रोडक्ट का बधाई ना पता हो लेकिन आपको ये जरूर पता होगा की ये कंपनीज अपने मेम्बर्स बनाती है और वो एम कंपनीज भी एम कंपनी सिर्फ इसी है की वो लोगों को बाईपास करके अपनी प्रीमियर स्कीम को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दिखा सके और ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोग जानते भी हैं लेकिन ये सब जानने के बाद भी लोग इसमें ट्रिक हो जाते हैं और ये सब वो कंपनीज़ अपने मेंबर्स की फेक लैविश लाइफ, उनकी फेक भाड़े पे लाई हुई ओडी मर्सिडीज़ और आपको एक, एक एक्सट्रीम मोटिवेशन देने के थ्रू करती है वो आपको अपने सेमिनार्स में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग वो पागल है जो कि बता रहे हैं कि एम एक स्कैम है बल्कि एम तो एक इतना तगड़ा मॉडल है जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो कितना भी पैसा आप कमा सकते हो और ये सारी चीज़ें इतने अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई है कि आपको हमेशा लगेगा कि हाँ अगर आप सिर्फ दो लोगों को जोड़ते हो तो आप एक अपनी पैसिव इनकम जनरेट जरूर कर पाओगे लेकिन हमेशा ये काम नहीं हो पाता 99% टाइम आपको कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जिसको आप आगे जोड़ सको और अपना एक मेंबर बना सको अपनी एक टीम बना सको जिस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और अपनी लाइफ में खुश रहना बंद कर दोगे और इसी के अलावा अगर आप इन कंपनी को ज्वाइन करते हो अब आप एक फीस दे चुके हैं उस कंपनी को और अगर आपको अब वो रिकवर करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसके कंपनी का प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा उस कंपनी के अंदर लोगों को ज्वाइन कराना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिच करना शुरू करोगे जिस वजह से आपके सोशल सर्कल पर भी इसका इम्पेक्ट मिलेगा लोग आपसे चिड़ने आपके साथ बोलना बंद कर देंगे आपका फ्रेंड सर्कल छोटा होने लगेगा लोग आपको दूर से देख के बोलेंगे यार ये फिर आ गया अब ये फिर एमएलएम की बात करेगा और फिर ये दिमाग खाएगा और आपके साथ ये सब चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा कॉमंद है मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एमएलएम ज्वाइन की थी लेकिन अब उनका जो सर्कल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रह चुका है क्योंकि वो सिर्फ किसी से मिलते हैं तो वहाँ पर एम की बात करते हैं वो बात करते हैं कि अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हो जबकि उन्होंने आज तक खुद वो पैसे नहीं कमाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है क्या आज के दिन हमें एम एल कंपनीज की ज़रूरत भी है तो बात करें दोस्तों तो शायद नहीं क्योंकि हमको इतनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है हम ऑनलाइन बेच उसे ईजिली मार्केट कर सकते हैं और यहां पर अगर एमएलएम एल कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अगर अपने बनाते हैं तो उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी उन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में शेयर करना पड़ता है जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट्स पर भी इम्पैक्ट होता है और अगर कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने कंपनी के प्रोडक्ट को नॉर्मली किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी मार्केट कर सकते हैं जिससे उसको कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लीड मिल सकती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमीशन के रूप में प्रॉफिट को बांटने की ज़रूरत नहीं है तो अगर बोले तो आज के दिन एम की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर फिर भी कुछ एम कंपनीज़ मौजूद है तो हम ये कैसे पता करें कि वो एक अच्छी एम कंपनी है या वो एक ख़राब एम कंपनी है तो ये सब काम एक सिंपल से काम के थ्रू कर सकते हो सिर्फ आपको ये देखना है क्या वो कंपनी आपसे कोई भारी भरकम ज्वाइनिंग फीस ले रही है क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी कोई भारी भरकम ज्वाइनिंग फीस नहीं लेती या वो कंपनी फ्रिक्वेंटली अपने सेमिनार्स कराती है क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी फ्रिक्वेंटली अपने सेमिनार्स करा खर्चा नहीं करती और क्या वो कंपनी अपने सेमिनार में अपने प्रोडक्ट बेचने से ज़्यादा सिर्फ अपने जॉइनिंग कराने के ऊपर ध्यान दे रही है सिर्फ ये दिखा रही है कि आप ओडी मर्सडीज़ या जगवार ख़रीद सकते हो अगर हाँ तो वो कंपनी 100% एक फेक कंपनी होने वाली है क्योंकि अगर एक अच्छी कंपनी है जो कि अच्छा काम कर रही है और अच्छे प्रोडक्ट बना रही है वो कभी भी ये फोकस नहीं करेगी कि आप हमारे अंदर ज्वाइन करो और हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा आप ले जाओ वो हमेशा अपने प्रोडक्ट पर फोकस कराएगी आपको और बोलेगी ये प्रोडक्ट है और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर खरीदो तो ये सब काम करके आप एक फेक एम कंपनी को डिटेक्ट कर सकते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है कोई रिश्तेदार है जो कि अभी कॉलेज के अंदर एंटर हुआ है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रिक करते हैं एम के अंदर आने के लिए तो उनको अगर इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस पहले से होगी तो वो अपने पैसे को और अपने टाइम को अपनी इज्जत को लोगों के बीच में बनाए रख सकते हैं तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अगली वीडियो का वेट कीजिएगा हम जल्दी ही आने वाले हैं क्योंकि तो तब तक के लिए बाय